माँ भारती को वंदन आप सभी को अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे आप सभी के समक्ष दिनांक 22 दिसंबर का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है दर्शकों आज अंतिम दिन है जयपुर प्रवास का यदि आज आप मिलना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर लीजिए क्योंकि इसके बाद आगमन बहुत जो है लगभग जो है छः से सात महीने बाद ही होगा तो दर्शकों पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पाँच अंगों से मिल करके बना होता है ये पाँच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग करण विक्रम संबत् दो हजार छिहत्तर 1941 और पौष मास चल रहा है रविवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर पचपन मिनट पर, पर। सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर चौदह मिनट पर तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष की एकादशी रहेगी तीन बजकर बाईस मिनट तक की इसके उपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी एकादशी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था सेम का सेवन नहीं करना चाहिए ब्रह्मा वह पुराण में लिखा हुआ है साथ ही साथ चावल का सेवन नहीं करना चाहिए वहीं द्वादशी को मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में इसकी मनाही है नक्षत्र रहेगा स्वाति इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र रहेगा करड़ रहेगा बालो इसके उपरांत कौलो करड़ रहेगा योग रहेगा अतिगंड इसके उपरांत सुकर्मा योग रहेगा शुभकाल पर आ जाते हैं अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं तो सुबह ग्यारह बजकर तिरालीस मिनट से बारह बजकर पच्चीस मिनट का समय अभिजीत मुहूर्त का रहेगा इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं और अमृतकाल का एक समय रहेगा सुबह दस बजकर पंद्रह मिनट से लेकर के ग्यारह बजकर छियालीस मिनट तक की इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं अशुभ काल पर आते हैं अशुभ काल में बेसिकली काल ही लिया जाता है तो दोपहर तीन बजकर छप्पन मिनट से पांच बजकर चौदह मिनट का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा चंद्रदेव तुला राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्य देव जो रहेंगे धनु राशि में चलायमान रहेंगे इसके साथ साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे आज रविवार दिन रहेगा दिशाशूल की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर का दिशाशूल रहता है पश्चिम दिशा की ओर यात्रा मत करिएगा यदि करना पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग पान का या का सेवन कर लीजिएगा और पहले पूरब दिशा की उपचार पक चलिएगा उपरांत पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करिएगा राशिफल पर आगे बढ़ते हैं मेस से लेकर के मीन राशियों का क्या कुछ रहेगा हाल लेकिन दर्शकों आप लोग अपने शहर में हमसे मिल सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है तमाम भविष्यवाड़ियां पड़ी हुई है कैरियर से रिलेटेड राशिफल पड़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं तो मेष राशि के जातकों आज दिन के पूर्वार्ध में कार्यक्षेत्र एवं परिचितों से आज आप लोग काफी आसाय मध्याहन के पहले तक आज आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा परंतु इसके बाद का समय प्रतिकूल होने से आपकी आशा जो है ये निराशा में बदल जाएगी घरेलू कार्यों एवं व्यवसाय के कारणों से आज दौड़ धूप आपको अत्यधिक करनी पड़ेगी आवश्यकता के समय आज कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा जिससे आपके अंदर मानसिक खिन्नता बढ़ेगी परिवार में आकस्मिक बीमारियां होने के कारण दवाओं पर आज आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा हनुमान बाहु का आज आप लोगों को पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो वहीं वृषभ राशि के जात को तो आज धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि रहेगी लेकिन उसको आज, आज आप उचित समय नहीं दे पाएंगे आज के दिन आपके साथ आकस्मिक घटनाएं अधिक घटित होंगी आज आप जो भी कार्य करेंगे उसका निर्णय भी अचानक ही लेंगे जिससे आस के लोग बड़े आश्चर्य रहेंगे आज प्रातः काल से ही आप जिस कार्य में जुटेंगे शाम तक की उसमें सफलता अवश्य मिलेगी धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा विलंब से ही यदि कोई कार्य होता है तो होने दीजिएगा आपके हक में होगा फेवर में होगा पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा और एक दूसरे की आप लोग भावनाओं को समझ सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और, और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ मिथुन राशि के जातकों आज आपके ऊपर कुछ अतिरिक्त कार्य का बोझ बढ़ेगा लाभ हानि में आज आप लोग उलझे रहेंगे फंसे रहेंगे आज आज के दिन आप शारीरिक रूप से चुस्त रहने के साथ साथ अधिक व्यस्तता जो है व्यस्त भी रहेंगे आज अकारण क्रोध आने से आसपास का वातावरण बीच बीच में गर्मा गर्मी भरा रहेगा दूसरों के लड़ाई झगड़े में मत विस्तार करने की योजनाएं बनेंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को प्रयास करना है विष्णु सहस नाम का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा येगा कर्क राशि के जातकों क्या कुछ कहता है आज का दिन आपके लिए रविवार का दिन क्या कुछ नया लेकर के आया तो देखिए आज आप सभी कार्यों को निष्ठा एवं आत्मविश्वास से पूर्ण करेंगे सहकर्मियों का भी आज, आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा समय से पहले कार्य पूर्ण करने पर धन की आमद सुनिश्चित होने के साथ ही नए लाभ के अनुबंध मिलेंगे आज किसी जो है अन्य को मिलने वाला लाभ भी आपके पक्ष में आ सकता है थोड़ा सा बौद्धिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा आकस्मिक व्यावसायिक यात्राओं के योग बनेंगे परंतु अंतिम क्षणों में निरस्त हो सकते हैं आज यात्रा का मन होने के कारण इसमें जो है आपको प्रसन्नता ही मिलेगी महिलाएं गृहस्थ जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए भी आज किसी महिला मित्र की जो है आपके लिए जो है आगे आती हुई दिखाई पड़ेंगी आज आपकी संतान प्रतियोगी परीक्षा में आशानुकूल प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग सूर्य देव के समक्ष बैठ कर कम कम और जात को आज प्रातः काल से ही आपके मन में नई नई योजनाएं बनेगी परंतु इनको फलीभूत होने में आप काफी समय लग सकता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सामान्य बने रहने से कार्य समय पर पूर्ण कर लेंगे धन लाभ के लिए दोपहर के बाद का जो समय रहेगा ये अच्छा रहेगा आज महिला मित्रों से आप लोगों को स, जो है बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी मदद करेंगी नौकरी पेशा महिलाओं के घर एवं कार्य क्षेत्र पर तालमेल बैठाने में थोड़ी सी परेशानी होगी फिर भी शाम के समय का जो समय रहेगा शुभ रहेगा शुभ समाचार मिलने से आज मानसिक राहत आपको मिलेगी धन लाभ आज आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यापार में आज, आज आपको लाभ होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कोशिश कीजिए विष्णु सहस नाम का पाठ जरूर करिए और नमक अवाइड करिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक की आज आपको नमक का सेवन नहीं करना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच अगली राशि जो आती है ये आती है कन्या राशि कन्या राशि के जात को आज के दिन अधिकांश समय आपकी बुद्धि अस्थिर रहेगी प्रातःकाल से ही किसी कार्य को करने में रुचि नहीं दिखाएंगे इसके विपरीत आज भोग के साधनों में आज आपका ध्यान अधिक रहेगा सरकारी कार्यों में लापरवाही के कारण हानि हो सकती है कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था रहेगी आज कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत नहीं मिलेगी पारिवारिक उलझने मिल बैठ करके यदि आप सॉल्व करते हैं तो अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए भगवान भास्कर को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा तब अर्घ दीजिएगा और आदित्योत का तीन बार पाठ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है तुला राशि लिप्रागी हाँ तुला राशि के जात आज के दिन आप अनगल प्रवृत्तियों में पढ़कर मूल उद्देश्य से अपने भटक सकते हैं इससे मानहानि के साथ समय की बर्बादी भी आपकी निश्चित ही होगी पहले अपने कार्यों पर आपको फोकस करना है, उसके बाद ही किसी अन्य के सहायक बने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आज आपको विवादों में डाल सकता है धार्मिक क्षेत्र की यात्राएं होंगी परंतु मन कहीं आज आपका और लगेगा आडम्बर की प्रवृत्ति आज आपके अंदर ज़्यादा रहेगी गुस्सा आपके नाक पर बैठा रहेगा किसी से बात करते समय अपने जिब्भा पर आज आपको काबू रखना रहेगा आज आपको दिखावे में बिल्कुल भी नहीं पड़ना रहेगा लाभ के तमाम अवसर लापरवाही के चलते हाथ से निकलने की संभावनाएं दिखा रहे हैं यदि आज आप घर के बुजुर्गों को उचित सम्मान देते हैं तो निश्चित ही आपकी उन्नति होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज आप लोग चावल और गुड़ ये आपको गाय को खिलाना रहेगा और यदि हो सके तो तांबे का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो आज प्रातः काल से ही लघु दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है व्यवसाय के जो है कारण आज कुछ यात्राएं आपकी जो है लंबी दूरी की भी हो सकती हैं और आज आपके व्यवसाय में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आने से सरकारी क्षेत्रों में जो बाधा आ रही थी ये दूर होती हुई दिखाई पड़ रही परिवार के बुजुर्गों की कृपा से आज सम्मान में वृद्धि होगी घर से बाहर आज अधिक समय मौन रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा धन आपके साथ साथ मानसिक परेशानी भी बढ़ सकती है खर्चे आपके अनियंत्रित रहेंगे परम सुख की चाह के आगे व्यर्थ नहीं लगेंगे दोपहर का समय आपका आलस्य में बीतेगा लेकिन शाम का समय कार्यों में अधिक सक्रियता में जो है लिप्त रहेगा तो उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों को तो कोशिश कीजिएगा कि गेहूं का दान आज, आज आप लोग किसी युवक को करिए या आप लोग आटे का भी दान कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज रेड कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है धनुराशि क्या कुछ कहते हैं राशि के सितारे तो धनु राशि के जातकों आज आपका दिन शुभ फलदाई रहने वाला है स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा और इस कारण से आज दैनिक कार्यों में बाधा नहीं आएगी कार्यक्षेत्र पर प्रातःकाल से मध्यान्ह तक आशा से अधिक लाभ कमाएंगे इसके बाद का समय भी लाभ वाला ही रहेगा धन प्राप्ति के लिए आज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आज आपकी धार्मिक भावनाएँ जो है बलवंत जो है रहेगी घर एवं धार्मिक क्षेत्रों पर पूजा पाठ में प्रतिभाग करते हुए नजर आ रहे विरोधियों के प्रति उदासीन व्यवहार भविष्य के लिए हानिकारक रह सकता है आज कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था न पनपने दें अन्यथा आगे परेशानी आपको हो सकती है जीवनसाथी के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है सूर्य गायत्री मंत्र का एक बार जाप करिए शुभ कलर रहेगा आपके लिए सेफ्रॉन शुभ अंक आपके लिए रहेगा मकर राशि के को क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आध्यात्मिक योग में आपकी रुचि अधिक रहेगी परोपकार की भावना अधिक रहने से विरोधियों के उत्पटांग कुर्कों का भी आज, आज आप बुरा नहीं मानेंगे दिन का पूर्वार्थ धार्मिक वृत्तियों में व्यस्त रहेगा आज जीवन साथी के साथ आपके संबंध में मधुर रहेंगे घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं यात्राओं का योग है परिवार में किसी मांगलिक उत्सव का भी आज आयोजन हो सकता है आज भविष्य की योजनाओं पर भी आप लोग जो है प्लानिंग बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आज स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता प्राप्त होगी यदि कोई आपका एग्जाम है तो उसमें आप सफल हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात एक्वायस जी हाँ कुंभ राशि लेकिन फटाफट दर्शकों आप लोग लाइक कीजिए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए कुंभ राशि के जातकों आज का दिन मिलाजुला रहेगा दिन के पूर्वार्थ में बिगड़े हुए कार्य आज आपके बनते हुए प्रतीत होंगे परंतु मध्यान्ह खींचने पर दुविधा में फंसे रहेंगे किसी परिचित के गलत मार्गदर्शन के कारण महत्वपूर्ण आज कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध आपके हाथ से निकल सकते हैं लेकिन शाम तक का जो समय रहेगा ये संतोषजनक रहेगा धन प्राप्ति आपकी होगी आज भागीदारी में कोई कार्य मत करिएगा करिएगाथा उसमें आपको हानि हो सकती है दोपहर पास जो है दोपहर के आसपास का समय धन के विषय में अधिक शुभ रहेगा आशा के अनुकूल आपके कार्य संपन्न होंगे और धन प्राप्ति होगी वाहन सावधानी पूर्वक आज चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए और गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाईए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो चलते हैं हम अपनी जो है अगली राशि यानी कि अंतिम राशि मीन राशि पाइसेस क्या कहते हैं आज आपके सितारे तो आज का दिन अनुकूल रहने से अधूरे कार्य पूर्ण होंगे धन की उम्मीद आमद होने से मानसिक रूप से संतोष रहेगा प्रातः काल से यात्राओं का योग बन रहा नौकरी पेशा जातक बेहतर कार्य के लिए सम्मानित होंगे अधिकारियों का विशेष प्रोत्साहन मिलेगा व्यवसायी वर्ग भी व्यापार में आकस्मिक वृद्धि होने के कारण अधिक व्यस्त रहेंगे आज प्रेम व्यवहार में कड़वाहट आ सकती है और आज कोई रिश्ता भी देखिए आपके लिए आता हुआ दिखाई पड़ रहा है झूठी प्रशंसा करने से बचिएगा सरकारी कार्य आज करने से उलझने पढ़ सकती हैं और आज उच्चाधिकारियों का आपको सपोर्ट या साथ कार्यक्षेत्र में नहीं मिलेगा घर में मंगलमय वातावरण मिलने से शांति अनुभव करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास आपको यह करना रहेगा कि गणेश जी को आज आपको जो है तांबूल अर्थात पान आपको चढ़ाना रहेगा दूसरा आज आप लोग जो है गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ तो दर्शकों ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम आप लोग जरूर टाइप कीजिए दीजिए इजाज़त और जयपुर वालों जो आपने प्यार दिया जो आपने सम्मान दिया इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जाते जाते आप सभी लोगों से विदा लेते हैं नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम